भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा की कांग्रेस पार्टी का द्वंद बिल्कुल स्पष्ट है जीतू पटवारी लगातार सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष को बाईपास करने का काम कर रहे हैं सदन से बाहर आते हैं तो कमलनाथ को बाईपास करते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष का जो उनका कार्यकाल है उसे बाईपास करके अध्यक्ष बनने के सपने देख रहे हैं उसी का नतीजा है कि पटवारी बाहर आकर कर रहे हैं नेहा ने कहा जीतू पटवारी वो व्यक्ति हैं जिन्हें बयानबाजी करते हैं देखिये कांग्रेस पार्टी का जो द्वंद है वो बिल्कुल स्पष्ट है और लगातार हम देख रहे हैं की सदन के अंदर जीतू पटवारी जो है वो नेता प्रतिपक्ष को बाईपास करने का काम कर रहे हैं सदन से बाहर आते हैं तो कमलनाथ जी को बाईपास करते हैं और जो ये कार्यकारी अध्यक्ष का जो उनका कार्यकाल है उसको बाईपास करके जो अध्यक्ष बनने का उनका स्वप्न है या सर्वे सर्वा कांग्रेस पार्टी का बनने का जो उनका स्वप्न है, उसी का नतीजा है कि इस प्रकार की लबाजी कर रहे हैं जीतू पटवारी जीतू पटवारी वो व्यक्ति है जो इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टर की स्पेलिंग भी नहीं जानते होंगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का